पारियों का व्यापार बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच गया है व्यापारी बहुत संकट काल से गुजर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने सरकार को दो तीन पत्र भेजे हैं अब तक और हम लोग मांग कर रहे हैं कि साप्ताहिक बंदी जो पूर्व में थी निर्धारित एक दिन की बंदी उसको बहाल किया जाए और ये दो दिन की बंदी शनिवार इतवार की खत्म की जाए दूसरा जो व्यापारी लॉकडाउन के दौरान हमने तो सरकार के कहने थे बाज़ार बंद किया अब उस बाज़ार बंदी में जो व्यापारी गुजर गए स्वर्गवासी हो गए लगभग साढ़े तीन हज़ार के करीब करीबन ज़्यादा नहीं है। उनको दस लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो व्यापारी किसी श्रम विभाग या फूड विभाग में लाइसेंसी हैं उनको पाँच लाख रुपए का मुआवजा दिया और जो एफ आई लॉकडाउन पीरियड के दौरान दर्ज की गई हैं जैसे किसी ने पंद्रह मिनट देर से दुकान खोल पहले दुकान खोलने चला आया किसी दुकान में पाँच सात ग्राहक आ गए आठ ग्राहक आ गए तो इन तरफ छोटी छोटी तकनीकी बातों पर तमाम 1000 से ज़्यादा एफ़ पूरे प्रदेश में दर्ज की गई हैं पिछले बार भी योगी सरकार ने हम लोगों के अनुरोध पर ख़त्म कर दिया था इस बार भी उनको चाहिए कि वो ख़त्म कर दें बिजली के बिल माफ़ किए जाएं लॉकडाउन पीरियड के बैंक का ब्याज माफ़ किया जाए नगर पंचायत नगर परिषद जिला पंचायत और नगर निगम का किराया माफ़ किया जाए सरकार ये सब मांगे हमारी मानेगी हमें पूरा विश्वास है व्यापारियों को राहत मिले पिछले साल भी केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि ब्याज नहीं लगेगा जो भी लोन है बैंक लेकिन बाद में छः महीने पाँच महीने के बाद इकट्ठा व्यापारियों से जो भी लोन लिए थे उनसे इकट्ठा ब्याज वसूल की, की जी जी आप ठीक कह रहे हैं आप उचित कह रहे हैं सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि बैंक का ब्याज माफ़ करें तो सरकार नहीं करेगी तो फिर व्यापार मंडल का क्या इस्तेफा होगा अब वो तो फिर बैठक में तय करेंगे सरकार नहीं करेगी तो फिर हम हम क्या रूपरेखा बनाएंगे ये हमारी प्रदेश कार्य समिति बैठक में था पिछले साल तो सरकार ने नहीं किया नहीं किया हम लोगों ने नहीं किया आंदोलन पिछले बार उन्होंने फिक्स चार्जेज वगैरह बिजली के माफ़ कर दिए थे तो इसलिए हम लोगों ने नहीं किया उसमें सहमति नहीं बनी कि भाई आंदोलन किया जाए और अगर सरकार इस बार नहीं करेगी तो फिर हम लोग कोई ना कोई रूपरेखा जरूर बनाएगी जबकि व्यापार मंडल का जो अपना तेवर में कुछ कमी आई है ऐसा हम लोगों को देखने से लगता है किस सरकार में नहीं कैसे लग रहा है आप लोगों तो की कमी आई इसलिए कि जो भी मांगे हैं व्यापारियों उसके लिए व्यापार मंडल का कोई दबाव सरकार को इसलिए नहीं दबाव बनेगा ऐसा नहीं है व्यापार मंडल के तेवरों में कोई कमी नहीं आई है व्यापार मंडल के तेवर वैसे ही हैं जैसे पहले थे और अगर आपके विचार से कमी आई है तो हम आपकी बात को ध्यान में रख के अपने व्यापार मंडल के तेवरों को और प्रखर बनाने का काम करेंगे आपना तो रे ले जाना